रूठी है शब रब्बा, रब्बा दिल भी है रूटा सब कुछ है बिखरा बिखरा बिखरा सा रूटा रूटा छुपाई छुपा राजा कैसे जा, कैसे जा कैसे